शुभम करोति मंगलम प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथ ही साथ अगर आप मुझे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा किसी नए टॉपिक में आपसे बात करूं या आपको कोई नई नई जानकारियां दूं एस्ट्रोलॉजिकल क्या परिवर्तन हो रहे हैं या हमारे लिए हमारे भाग्य को प्रबल करने के लिए हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए वैसे हम कौन से उपाय करें जिसे अपना कर हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शनि जयंती शनि जयंती शनि के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि इस दिन हम शनि भगवान का जन्मदिन मनाते हैं इस वर्ष 2021 में शनि जयंती 10 जून के दिन मनाई जाएगी इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए देव जो सूर्य देव के पुत्र हैं और जो शनिवार है इनका वार कहलाता है तो जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करता है उसे शनिदेव अपनी शरण में ले लेते हैं और अपने दुष्प्रभाव से उसे हमेशा मुक्त करते हैं तो आज के दिन हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप उपायों को अपनाकर शनि जयंती के दिन आप अपने शनि के दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं तो सबसे पहले आप शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें उन्हें छाया दान करें कुत्ते को आप मीठा बूंदी का लड्डू खिला सकते हैं साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर रोज आपको जल चढ़ाना चाहिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए साथ ही साथ ही कुष्ठ रोगियों को शनिवार के दिन आपको जो भी आपको यथा सक्षम हो आपको दान करना चाहिए काले कपड़े में उड़क दाल रख रखकर किसी भी मंदिर में जाकर आप शनिदेव की दान कर सकते हैं सरसों तेल का आपको दान करना चाहिए साथ ही साथ प्रयास करना चाहिए कि शनिवार के दिन हम काले वस्त्र साथ ही धारण साथ करें कर रहे शनिदेव को जब रावण अपने आप बंदी बना लिया था तब उस समय हनुमान जी ने शनिदेव की रक्षा की थी और हनुमान जी ने शनिदेव को ये कहा था कि जो भी भक्त मेरा भक्त होगा या राम भक्त होगा तुम उसे कभी भी अगर कष्ट नहीं दोगे तो ही मैं तुमको रावण की इस लंका से मुक्त कराऊंगा तो शनि देव ने हनुमान जी को ये वचन दिया था कि कभी भी हनुमान भक्त को शनि देव शनिदेव अपना कुरदृष्टि से हमेशा दूर रखेंगे तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें सरसों तेल का दान करना चाहिए शनि देव को सरसों तेल चढ़ाना चाहिए शनि मंदिर में जाकर हम जितना ज़्यादा दान कर सके करना चाहिए इस दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को चमड़े का दान भी कर सकते हैं छाते का दान भी कर सकते हैं काले तीन का भी दान कर सकते हैं और किसी भी असहाय व्यक्ति को आप कंबल काले कंबल का भी अगर दान करते हैं तो भी आपको शनि देव के प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है लेकिन साथ ही साथ एक बात हमेशा याद रखें शनि न्याय के देवता होते हैं हमारे कर्मों के प्रारब्ध से जुड़े होते हैं और जिस व्यक्ति का कर्म खराब होता है उसको शनिदेव अपना आशीर्वाद कभी नहीं देते तो शनिदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमेशा अच्छा कर्म करें स्वयं के लाभ के साथ साथ दूसरों के लाभ के बारे में भी सोचें कभी षड्यंत्र ना करें दूसरों के प्रति नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपको शनिदेव अवश्य देंगे तो कोशिश करें अच्छे कर्म करें और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करें तो मुझे आशा है कि शनि देव से जुड़ी जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आएगी साथ ही साथ मेरी ये प्रार्थना है कि शनि देव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनकी कुरदृष्टि से हम सभी दूर रहें और उनका आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और प्रभु श्री राम से ये करती हूँ दुष्प्रभाव से आप दूर रहें आप सभी को एक बार फिर से शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाए आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ओम प्राम प्रेम शनि श्रायन का जाप भी कर सकते हैं इससे भी शनि देव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे देव के प्रभाव से बचने के लिए सुंदरकांड हनुमान चालीसा और महामृत्युजय का जाप भी अत्यंत लाभकारी होता है तो अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल करकर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम लिखकर अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं नमस्कार